भाई गई कहा अरे भैया बस यहीं तक गए आधार कार्ड में कचुना भोपाल कहा जा रहे अरे अब तबादला भिसा शुरू हो रहा हो ना बीस दिन को सितंबर से लेके पाँच अक्टूबर तक तुम तबादला भिसा तो कहो मती भैया हो का जो मंत्री अच्छे दिन आ रहे हैं जग मतलब मतलब अब तबादला है को हो तो ही मोटी मोटी गद्दी धरांगे मंत्री लोग तो भैया ये जनता की सेवा नहीं करें ये तो जनता के अच्छे दिन ले आते अपने अच्छे दिन ले आए है तुमने बस सुनी वो नाली की मोरी जाम है जाते तो एकदम से खोल देते भड़बड़ा के पानी निकलते ट्रांसफर रोक रखे आते अचानक से खोल दे अब तो भड़बड़ा है की ट्रांसफर होंगे दलाल पैदा है सुविधा जा, जा, जा है तो बाकी सेवा नहीं करे हम एक तो भैया जिन्हें परेशानी है जिनके घर में समस्या दुविधा है उनको करे ट्रांसफर हमारी समझ में आ जाए देखा करते हैं जो मोटी गड्डी लेके आवे वो भाई को ट्रांसफर हो ना तो ना हो मुझे ये बताओ ना पीए है मंत्री के साथ कितने का आदमी जुड़े रहते हैं उनके जीजा फूपा भतीजे चाचा दामाद ये सब जुड़े हैं तो इनके परिवार कोई भैया दामाद चाचा भतीजा तुम इतने रिश्ता मत ना बे सब एक कही है दलाल बे सब इसे पैसा लेते हैं ट्रांसफर के नाम पे ये सब फालतू की बातें भाई सेवा शुल्क ला जा रहा है तो भामा कार दिखा सेवा शुल्क लाओ है तो दिन सामने ले कोई तो मंदिर में ले रहा हो गार्डन में ले रहा हो तो कोई हॉल में ले रहा ये भैया आप तो पेटीएम तक पे ट्रांसफर होने लगे हैं पैसा तो है। है। तो बता ने? वही आदमी को सुविधा मिल रही है भाई आराम मिल रहा है तो नेता को बनते है जनता के आराम मिले जनता है जनता के काम हो है तो काम को सीएम भैया जब वोट मांगनता है, जो है हाथ जोड़ जोड़ के जनता काम कर रहे देख दे दो हजार तेईस के चुनाव आ रहे ना हाँ। तो बाद में पैसा नहीं की पड़ेगी जरूरत तो कहाँ से लाइन से ट्रांसफर के नाम पे जेम भर रहे हैं बच्चों नाम लड़न ते अरे बताया बगर पैसा का चू होता तो होगा दुनिया में हम तो कह रहे ना बगैर पैसन के कचूना होते हैं तो मंत्री उनके ट्रांसप्राउड ना होते पैसे तो ना ही तो कह रहे हम भैया तुम समझता समझ तैयार ही हो कतरे तुम क्या जा रहे हो भोपाल तुम क्या करो भोपाल जाके अरे तो हम सेवा कर हमारे बहुत पहचान के लोग हैं तो हमारी जो पहचान है मंत्रियों थे संतरियों थे समझे हम तुम दलाल बन के चलो भोपाल होगा दलाल ना भाई हम भोपाल जाएंगे तो कच्चा पानी लगे हो नहीं है तो अपने वालन से कौन पैसा लेता है भैया तो पैसा थोड़ी ले रहे हैं जो पैसा लेते, जो सेवा लेते दलाल होते भाई हम काम करेंगे। सब से बात करेंगे बैठ के, के काम फाइलेंगे तो जहां भैया जिनकी समस्या है उनकी समस्या सुन ले की भैया किन के घर में मजबूरी उनको ट्रांस नीति बनाने की बात करते है उनकी नीति कितनी नोटन की गड्ढे में घुस जाते उनकी नीति तो बनाइए कौन सी नीति है जो नोटन की गड्डी में घुसी है उनकी नीति नोटन की गड्डी ले जाओ नीति पूरी फालतू बात जाओ मतलब सरकार काम ही नहीं करे कत सरकार काम नहीं करते है जो मतलब सरकार में काम ही नहीं है फाइलें ही नहीं जो भैया जो तुम्हारे घर के आगे जो पर... तो नाली बेह रही है भाई चल रही है अच्छा नाली, तो नाली। बह रही है मच्छर बिचारे कहाँ रहेंगे नाली नहीं रहेगी तो तुम्हारे घर की नाली बची मच्छर के रहने हैं है। ढंग को काम कराओ तो समझ है। है। चले में आए ट्रांसफर कराम कहाँ जाएंगे भी रहे तो, तो लग रही मच्छर की आत्मा तुम्हारे अंदर गुजरी से आए रहा है दिमाग खराब करेगा हमारा टाइम हो रहा हो आपको डिबेट देख तुम तो डिबेट ही देखो भैया तुम डिबेट देख देख के दलाल वलन का ही सपना देख लेते हाँ हमें तो तुम्हारे घर ही ना चाय पी के जाओ। के जाएंगे आओ।